छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में भोपाल में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया संस्कृति बचाओ मंच ने यह कार्यक्रम किया जिसमें मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी भी शामिल हुए त्रिपाठी पहले ही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने पर श्याम मानव पर बयानी हमला बोल चुके हैं और कोर्ट में जाने की बात कह चुके हैं भोपाल के माँ वैष्णो आदर्श नव मंदिर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि पंडित शास्त्री के समर्थन में धर्म विरोधी लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है कि वे इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें भाई भाई। के संयोजक तिवारी ने बताया कि मेहर विधायक त्रिपाठी ने दो दिन पहले आह्वान किया था कि सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके चलते यहां भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और सदबुद्धि की कामना की हनुमान चालीसा पाठ के समय विधायक नारायण त्रिपाठी भी मौजूद रहे और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं